फ्रेंड्स, वेलकम रूवी ट्यूटोरियल, और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं फर्स्ट वीडियो, व्हाट व्हाट रूवी। ना किन की, की तरह इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एग्जीक्यूट किया जाता है इट रन ऑन वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म सचेज विंडो मैको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द वेरियस वर्जन ऑफ यूनिक्स रूवी को जैसे कि विंडो मैको ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जैसे ही वेरियस प्लेटफॉर्म पर रन किया जा सकता है बेसिकली मैं उन्धु पर रन करती हूँ रूवी इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस रंट जावा सी प्लस प्लस रन जावा की तरह ही रूवी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रूवी के एक्सटेंशन extensions and आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं है और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप रूवी को आसानी से लर्न कर सकते हैं रूवी कैन इजिली भी कनेक्टेड टू डी टू माइसो रूवी को किसी भी डेटाबेस से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है जैसे टी वी टू माई एस ओरिकल पोस्ट ग्रेस रूवी इज़ ए जनरल परपज इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मूल्य ट्विटर जेनडेक्स ऑपीफाई उर्बन डिक्शनरी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भी रूवी का इस्तेमाल कर रही हैं रूवी कैन बी यूज टू राइट कॉमन गेट इंटरफेसिस रूवी का इस्तेमाल कॉमन गेट इंटरफेसिस के लिए भी किया जा सकता है कह सकते हैं कि रूबी प्रोग्रामर्स की बेस्ट ट्रेंड है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद